एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ कर्मचारियों को धमकाने का काम करते हैं उन्होंने कहा हम अच्छा करने वालों को पुरस्कृत और गलत करने वालों को दंडित करते हैं इस दौरान मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोतम मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ कर्मचारियों को डराने धमकाने का काम करते हैं वही उन्होंने कहा हमारी सरकार में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है जो गलती करता है उसे दंडित करते हैं वो ही धमकाते रहते थे हम तो अभी नहीं के मुँह से सुनते रहते हैं कि फलानी तारीख के बाद इतनी तारीख भी आती है हमारी सरकार भी आएगी हम देख लेंगे कार्यकर्ता बनके भाजपा के काम नहीं करें ये उनकी भाषा है यहाँ तो जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी और जो अच्छा करेगा उसको शाबाशी से पुरस्कृत भी करते अभी पुरस्कार का कार्यक्रम रखा गया था नवतम मिश्रा ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल दुनिया के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले नेता हैं इसको जल्द ही दिल्ली की जनता भी समझ जाएगी यहाँ कहाँ झूठ बोला उन्होंने मैं तो पहले से भी कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला असत्य बोलने वाला नेता है आप तमाम व्हाट्सएप पर फेसबुक पे वीडियो उनके आते पहले क्या कहा आप क्या कहा तो ये इस तरह की भाषा और जवान बदलने का उनका स्वभाव है मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा इसी प्रकार की मेजोरिटी से हम चुनाव जीतेंगे उन्होंने बताया कि इंदौर लॉ कॉलेज में संलिप्त लोगों के पीएफआई एफ आई या राष्ट्रद्रोही लोगों से कनेक्शन की जांच की जा रही है वही उन्होंने कहा सरकार पूरी चिंता करेगी कि सामाजिक समरसता पर कोई आँच ना आए मध्य प्रदेश में लूट के किसी भी पैटर्न को सफल नहीं होने दिया जाएगा मध्य प्रदेश में गुजरात का इतिहास दोहराया जाएगा आप देख लेना यहाँ भी ऐसी ही मेजोरिटी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है ये इन कनेक्शनों को भी जांच कर रहे हैं क्या कोई देशद्रोही तत्व जो होते हैं उनसे इनका कनेक्शन था या पी जैसे संगठनों से इनका कोई कनेक्शन था जो समाज लोग हैं उनसे इनका कनेक्शन था इन सब की बारीकी से जांच इन सब की, की जा रही है और जांच में जो भी निकलता है उस पर कार्रवाई करेंगे समरसता पर कोई भी आंच ना आए इसकी चिंता पूरी सरकार पूरे तरीके से करेगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज